और आज हम क्लियर आंसर देने वाले हैं बहुत सारे कमेंट बहुत सारे मैसेज और काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि तो आप कौन हैं और अंजलि मैम को ब्लॉग में क्यों नहीं आ रही हैं तो सभी का आंसर मैं यहां पर क्लियरली देने वाला हूं आई होप कि मेरी वॉइस आ रही हो सभी को और जिसको भी बॉइस आ रही है तो प्लीज एक बार यस लिखें और मैं एक बार चेक कर लेता हूं और थोड़ा सा फैन बंद भी कर देता हूं रूम का था मेरी बॉइस क्लियर रहे तो काफी लोगों के सवाल थे कि अंजलि मैम क्यों नहीं आ रही है देखो मैं एक चीज क्लियर कर दूं यहां पर हमारे बीच में चीजें बिगड़ चुकी हैं ठीक है चीजें बिगड़ी कहाँ से है मैं बताता हूँ ठीक है चीजें बिगड़ी यहां से है कि मैंने उनसे बोला था कि छोटे कपड़े ना पहने ठीक है सबसे फर्स्ट मैंने यही बोला था कि छोटे कपड़े पहनने के लिए ठीक है उन्होंने उस बात को उठाकर कहीं और ले लिया है ठीक है अगर हम किसी को भाई बोलते हैं या किसी के साथ भी काम करते हैं अगर वो कोई चीजें बोलता है तो उसकी सुननी होती है ठीक है उसकी माननी भी पड़ती है अगर आप टीम वर्क भी कर रहे हैं तो भी आपको उसकी माननी पड़ेगी ठीक है सबसे फर्स्ट तो अंजलि मैम इसी कारण से हमारे साथ नहीं आ रही है उन्होंने बोला है छोटे कपड़े देखो आपको भी पता है है है मेरी फैमिली है। मैं मैं ठीक है, सबसे फर्स्ट बात और लेकिन अगला आदमी ही मेरी बेजती करे या मुझे मुंह पर गाली दे तो मैं वहां पर चुप नहीं रहता सबसे फर्स्ट मेरी कहानी ये है अगर कोई मेरे को गालियां दे रहा है तो मैं उसको गालियां देता हूँ अगर अगला आदमी मेरे से प्यार से बात करता है तो चिंगाड़ के बात करता है मैं भी चिंगाड़ के बात करता हूँ हमारी फर्स्ट टाइम ये चीजें बिगड़ी थी कि मैंने उनसे एक बार बोला फिर मैंने सोचा यार धीरे से समझाऊंगा मैंने फिर दोबारा से उसे दोबारा से बोला दस दिन बाद फिर बोला शायद समझ जाए लेकिन उनके समझ में नहीं आई उन्होंने मेरे डायरेक्ट मेरे करैक्टर पे उंगली उठाई कि मेरी सोच गंदी है मैंने उनको छोटे कपड़े के लिए बोला ठीक है उंगली उठाना ठीक, ठीक है मेरी मतलब मैं ऐसा हूं तो मेरी फैमिली कैसी होगी डायरेक्टली मैं ये तो मेरे ऊपर उंगली उन्होंने उठाई डायरेक्टली कि भाई अब देश आपका करेक्टर गंदा है और आप ऐसे नहीं बोल सकते किसी को भी छोटे कपड़े पहन देखो मैं छोटे कपड़े पहनने के लिए मैंने बोल दिया मेरे को साइन करके दे दो भाई आप छोटे कपड़े पहन के आ रहे हो मैंने बोल दिया मैं इतने तक रे, रे, रेडी हो गया कि आप लोग मेरे को साइन करके दे दो ठीक है फर्स्ट मैंने ये भी बोला मेरे को साइन करके दे दो कि आप छोटे कपड़े अलाउ कर रहे हैं और कुछ भी घटना होती है पब्लिक प्लेस पे कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लूंगा मैंने इतना उनसे बोला उन पर वो साइन भी नहीं हुए ठीक है उन्होंने बोला नहीं हम साइन नहीं करेंगे उसकी बात, मैं उनके घर पे गया अपना बैग उठाकर अपनी लैपटॉप वगैरह सब चीज उठाकर गया और बिना डरे ठीक है मैं उनके घर पे गया जाकर मैंने बोला ठीक है आप लॉगिन ले लीजिए आप यूट्यूबल चैनल, चैनल संभालिए ठीक है, है उन्होंने क्या बोला मुझसे उन्होंने बोला कि भाई हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए ठीक है फर्स्ट बात उन्होंने ये चीज़ें मेरे को बोली ऐसा हमें किसी का नहीं चाहिए ये उसके बाद चीजें मैंने सोल्व करी ठीक है मैंने सोल्व करी मैंने अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश की ठीक है दस दिन तक हो गए दस दिन तक वो ब्लॉग में नहीं आई मैंने बोला एक बार दो बार बोला कि भाई हमें ब्लॉग कंटिन्यू चाहिए हमें यूट्यूब पर रेगुलर काम करना है और हमें जो है कंटिन्यू काम करना है ऐसा नहीं है कि भाई आज काम करेंगे कल को बंद रखेंगे नहीं हमें हमें कंटिन्यू काम करना है ऐसा नहीं है भाई आज हम काम कर रहे हैं कल को नहीं करेंगे ऐसा नहीं है भाई हमने उनसे डायरेक्टली जाकर अंजलि मैम को यही बोला कि भाई हमें कंटिन्यू काम करना है और उन्होंने जो है हमें रिप्लाई में बहुत ही गंदी गंदी गालियां बखी है ठीक है और मतलब आप समझ नहीं सकते उनके रिप्लाई बहुत ही अटपटे थे जो कि आप लोग समझ नहीं सकते कि मुझे आ, मेरे करेक्टर पर उंगली उठाई गई डायरेक्टली की तुम्हारी सोच ऐसी है किसी को ऐसे क्यों बोलना या ऐसे देखो हम एक सोसाइटी में रहते हैं सबसे फर्स्ट हम अपनी फैमिली है मेरी मेरी खुद की फैमिली है उनकी भी खुद की फैमिली है अगर उसकी फैमिली ये चीजें समझती होगी अगर यहाँ पर वीडियो भी देख रही हो या उसके फ्रेंड या फैन जो भी कोई देख रहा हो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि भाई कभी भी छोटे कपड़े से तो व्यूज नहीं आते ठीक है हमें अपने आपको रेस्पेक्ट देनी है तो अपने आपका चरित्र बचा के रखना है ठीक है मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठ जाऊ बलियान पहनकर और टी शर्ट डालकर कुछ भी डाल डालकर ऐसे ही बैठ जाता हूँ ठीक है तो आप लोग क्या समझोगे मैं तो एक चूतिया हूं सबसे फर्स्ट यही सोचोगे मैं एक चूतिया हूं <laughs> लेकिन भाई मैं ये नहीं बोल रहा लेकिन बात यहाँ पर बहुत बिगड़ चुकी है और उन्होंने जो है काम करने के लिए मना कर दिया डायरेक्टली मैं बता दू अंजलि मैम ने और वो हमारे साथ आगे आगे ब्लॉग में नहीं दिखेंगी ये मेरा एक क्लियर आंसर है और आज से मैं उनसे कोई रेस्पेक्ट नहीं करने वाला या मैं उनके घर नहीं जाने वाला या उनके कदमों में नहीं झुकने वाला ठीक है मैं उनके घर पे गया मैंने बोला कि सॉरी भाई हमसे गलती हुई है ठीक है मैंने मान ली भाई चलो मेरी गलती हुई है मैंने बोल दिया छोटे कपड़े मत पहनो ठीक है मैंने कहा चलो ठीक कोई दिक्कत नहीं फ्रेंडो में होता है चलो मान लेते हैं लेकिन उन्होंने डायरेक्टली मेरे से कुछ नहीं बोला डायरेक्ट चिंगाड़ रहे हैं गालियां बक रहे हैं और मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे गालियां ठीक है जैसी जैसी मेरे को गालियां वहां पे पड़ी उनके घर पर जाने पर मेरी भी फैमिली है मेरा भी, भी, भी सम्मान है जो कि आप लोग समझते हो तो शायद होगा भी और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोग अगर बाद में वीडियो देखेंगे तो मैं उनसे भी यही चीजें बोलूंगा देखो आ, उन्होंने मेरे को अंजलि मैम ने बहुत गंदी गंदी गालियां दी मैं उनके घर गया और किसी और ने तो नहीं दी अंजलि मैम ने डायरेक्टली बोली और मेरे को बाक़ी में मेरे अंदर जो चीज़ें चल रही हैं मुझे बहुत ही अंदर से बुरा लगा जो मुझे गालियाँ मिली हैं ठीक है मैं फिर भी झुकने के लिए तैयार हो गया मैंने अगेन मैसेज किया उनको स्टा पर कि भाई सॉरी जो हुआ ठीक है लेकिन वो हमारे साथ काम करने के लिए फिर भी रेडी नहीं है और आगे से मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ जहाँ पर मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रखी जाती हूँ जहाँ मेरे बात मेरी बातें नहीं रखी जाती हूँ मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा अभी के लिए यही था और बाय बाय और ब्लॉग आपको जल्दी मिलेंगे न्यू आई थिंक आपको कल ब्लॉग मिल जाएंगे बाय बाय गाइज जय हिंद जय भारत